छतरपुर से देशद्रोह से जुड़ा एक मामला सामने आया है जहां एक नाबालिग लड़के ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और भारत देश को गालियां दी फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है राजनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग युवक ने अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे और भारत के खिलाफ भी कई भद्दे शब्दों का प्रयोग किया यही नहीं नाबालिग लड़के ने सल्तन से जुदा भी लिखा था जब यह सब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अधिवक्ता संघ और हिंदुवादी संगठन ने देश विरोधी नारे लिखने पर आपत्ति जताई और पुलिस थाने में इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धारा तो तिरपन ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है एसपी का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है जिसके बाद इस मामले में और धाराएं बढ़ाई जा सकती है चार छह दिन पहले राजनगर के किसी मुस्लिम लड़के ने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जो है एक पोस्ट वायरल की है वो पाकिस्तानी के नाम से अपना वो भी बनाया है आईडी और उसने पाकिस्तान जिंदाबाद भारत को काफ़ी अपशब्द कहे हैं चूतिया और काफ़ी जने अपन नहीं बता सकते और सर से जुदा करने जैसे शब्दों का भी उसमें अपनी आईडी डी में उसमें उपयोग किया है तो इसको लेकर के राजनगर थाना प्रभारी को हम लोगों के द्वारा बिष्णु प्रसाद की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है कि इस पर कार्यवाही की जाए परंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब तीन चार दिन हो गए हैं और पुलिस बराबर पुलिस का लचर रवैया ऐसे देशद्रोह जैसे मामले के पीछे है तो ज्ञापन में हम लोगों ने निवेदन भी किया है कि यदि समय रहते कार्रवाई और सही कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि ये राष्ट्रीय अपराध है देश के प्रति अपराध है और दो वर्गों में विद्वेष पैदा करने का भी अपराध बनता है इसमें लोगों को धमकी भी दी गई है सरतन से जुदा करने की ऐसे शब्दों का उपयोग जो है निंदनीय है जसिंधु प्रसाद के नाते तो ठीक है मैं कामनागरिक के नाते भी इसकी घोर निंदा करता हूं और पुलिस से अपेक्षा करता हूं कि समय रहते जल्द से जल्द, जल्द कठोर कार्रवाई की जाए छतरपुर जिले के राजनगर थाना अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया था जहाँ पर एक विधि विरुद्ध बालक की जो सोशल मीडिया आई है उससे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे और भड़काऊ नारे लगाए गए थे इन सभी की लगातार जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टि इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है इसमें साइबर टूल्स की मदद से आ, जो भी जिन भी लोगों ने किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा